मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों